आज हम दोस्तों आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि अब आप अपना पहचान पत्र चाहे नया हो या पुराना आप इन दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी एक ब्राउजर पे जाना है ब्राउजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार पे सर्च करना है एन वी सर्च करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से नजर आएगी तो इसको आपको डेस्कटॉप साइट लगा लेना है डेस्कटॉप साइट लगाने के बाद आप ये सबसे ऊपर देख, देख सकते हैं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से आपको दिखेगा तो आप ये देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ ई पिक डाउनलोड इस ईपिक डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं साइड में यूज़र नेम और पासवर्ड ये अब आपको मांग रहा है तो आप पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो अब आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड तो होगा नहीं तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं रजिस्टर एस न्यू यूज़र तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अब आपको अपना वही यूनिक मोबाइल नंबर जो आपके पहचान पत्र में लिंक है उसको यहाँ पर दर्ज करना है तो चलिए हम नंबर डाल देते हैं मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करने के बाद आप ये नीचे देख सकते हैं सेंड ओ अब आपको यहाँ पे सेंड ओ पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ये पहले हम अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो इस वजह से ये यहाँ पे बता रहा है तो इसी प्रकार जब आप करेंगे तो आपका ये रजिस्टर्ड हो जाएगा और रजिस्टर्ड होने के बाद आपको अपने उसी लॉगिन पेज पर फिर वापस आना है तो आप यहां पर फिर से वापस आएंगे और यहां पर वापस आने के बाद आप देख सकते हैं ई ई डाउनलोड बस आपको यहां पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अब आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था तो यहां पर अपना मोबाइल नंबर और यहां पर आपका पासवर्ड ये दर्ज करना है तो चलिए हम यहां पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करने के बाद ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है दर्ज करने के बाद ये आप देख सकते हैं लॉग इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो चुके हैं लॉगिन होने के बाद आपको फिर से यही ई डाउनलोड इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप ई डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इसका इंटरफेस नज़र आएगा तो यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं आई हैव ईपिक नंबर तो इस पे क्लिक लगा हुआ है तो अगर आपके पास ईपिक नंबर है यानी वोटर आई डी कार्ड नंबर तो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं और अगर आपके पास वोटर आई डी नंबर नहीं है आपने नया बनाया है तो आपको एक रिफ्रेशन नंबर जनरेट हुआ होगा बनाते समय तो उस रिफ्रेशन नंबर को यहाँ पर ऐड करना है तो चलिए हमारे पास ई पिक नंबर है तो हम ई पिक नंबर दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों ईपिक नंबर दर्ज करने के बाद ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टेट इस सिलेक्ट स्टेट पे आपको क्लिक करना है आप जिस भी प्रांत के हों आपको यहां पे प्रांत की पूरी लिस्ट मिल जाएगी उसमें आप अपना जो है प्रांत सेलेक्ट करके सर्च यहां पे देख सकते हैं सर्च इस सर्च पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहां पे सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जिसके भी नाम का यह पहचान पत्र होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा ई नंबर और इस्टेट उसका ए मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो प्लस ई मेल ये यहाँ पर शो हो जाएगी तो आप इसका कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट यूजिंग ओटीपी वेरिफिकेशन तो यहाँ पे सेंड ओटीपी तो आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके पहचान पत्र पे तो उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ओ सेंड करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओ भेज दिया गया है अब हमको ये ओ टी पी दर्ज करना है और वेरीफाई करना है तो चलिए हम दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ओ दर्ज कर दिया है अब ओ दर्ज करने के बाद वेरीफाई इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं ओल ओ टी पी ऑथेंटिकेट डन सक्सेसफुली तो हमारा ओ टी पी सक्सेसफुली वेरीफिकेशन हो चुका है इसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए एक कैप्चा ये कैप्चा आ गया यहाँ पर अब आपको ये कैप्चा दर्ज करना है और तो कैप्चा दर्ज करने के बाद डाउनलोड ई पिक यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है तो चलिए दोस्तों हम कर लेते हैं तो कैप्चर डालने के बाद दोस्तों अब आप देख सकते हैं डाउनलोड डाउनलोड इस पे आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हमारे पास डाउनलोड चुका है अब हमको यहाँ पे डाउनलोड इस पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस तरह से भारत निर्वाचन आयोग का जो इलेक्शन कार्ड है जिसको हम पहचान पत्र के नाम से जानते हैं ये आपका दिख जाएगा और इस पर एक बार कोड भी है और आपकी पूरी जो भी डिटेल है वो डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी दिए हुए हुए हैं आप इसको रीड कर सकते हैं तो दोस्तों हमने आपको बताया कि अब आपका पहचान पत्र नया हो या पुराना हो किसी भी तरीके का हो अब आप इसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों धन्यवाद